17 सितंबर से शुरू होगा आई पी ने एजीएम बैठक में सितंबर अक्टूबर के बीस आयोजित करने का लिया फैसला कोरोना के चलते बी को हुआ था काफी नुकसान 4 मई को कोरोना के चलते स्थित किए गए आई 2021 को अब सितंबर में दोबारा शुरू किया जाएगा अक्टूबर में होगा फाइनल फाइनल मुकाबला 17 सितंबर 17 सितम्बर से शुरू होगा आई पी अक्टूबर को खेला जा सकता है फाइनल आईपीएल 2021 के तुरंत बाद ट्वेंटी वाट